नमस्कार दोस्तों पिछले कई दिनों से चर्चा में आए बागेश्वर धाम के पिताधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कारों पर सवाल खड़े होने लगे हैं और इस पर खूब बहस होने लगी है और बाबा के दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं हालांकि लोगों की राय इस मुद्दे पर बटी हुई है लेकिन जादू के धंधे से जुड़े सभी लोगों ने बाबा को ढोंगे और पाखंडी बताया है वो बोल रहे हैं कि ये सब एक ट्रिक है और कुछ नहीं लेकिन इन सब के बीच बाबा का दरबार फिर सजने वाला है इस बार ये दरबार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में दरबार सजेगा और फिर से अपने चमत्कारों का वो बखान करेंगे लेकिन इस बार पुलिस भी मूप दर्शक बनकर तमाशा ही देखेगी पर वो भी जानती है कि की उनके पास किसकी शक्तियाँ हैं की पंडित धीरेन्द्र कृष्ण किसकी चमत्कारी शक्तियों पर जी रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब इंटरनेशनल बाबा बन गए हैं अब वो विदेशों में भी छाने लगे हैं पर क्या करें जब बेवकूफी की हवा चलती है तो सबसे होकर के गुजरती है कुछ भी कहो देश में ड्रामा अच्छा चल रहा है और अब जरूरी मुद्दे भी गायब होने लगे हैं लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं जब कानून ही अंधा हो चुका है और उसे कुछ दिख नहीं रहा है कुछ भी कहो ड्रामा अभी लम्बा चलने वाला है और आप सबको इस ड्रामे में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि अच्छे दिन राम रहीम और आसाराम बापू के भी थे लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं लेकिन पंडित देवेंद्र कृष्ण शास्त्री ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि उन्हें इतनी कम उम्र में इतनी ज़्यादा लोकप्रियता मिल जाएगी और उनकी संपत्ति में इस प्रकार तेजी से उछाल आएगा लेकिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब 12 राज्यों तक पहुंचने वाले हैं और जल्द ही वो पूरे देश में भ्रमण करने वाले हैं। और अब कहीं लोग उन्हें भगवान ना मान ले बस डर इसी बात का है वैसे भी आजकल बहुत लोकप्रिय चल रहे हैं बस इंतजार तो बस इस खेल के खत्म होने का है और फिर देश को वापस अपने जरूरी कामों पर लौटना होगा और सही मुद्दे पर सोच विचार करना होगा